मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल बेलाइकन को भी प्रेस करिए जिससे कि लेटेस्ट लेटेस्ट वीडियो आप तक बहुत ही आसानी से पहुंच सके हेलो दोस्तों मेरा नाम मैं है शुएब आपका मैच हाईटेक्सो पर बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उस एक ऐप के बारे में जिससे कि आपने यूट्यूब के सब्सक्राइबर कितने आ रहे कितने नहीं आ रहे हैं तो वो आप लाइव काउंट कर सकते हैं तो मेरे तो बहुत अंदर याद खुजली रहती है हमेशा मैं अपना यूट्यूब चैनल खोलता हूँ उसके बाद मैं देखता हूँ कि कितने मेरे सब्सक्राइबर बढ़े या नहीं बढ़े अगर आपको भी यही प्रॉब्लम है भाई तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ये वीडियो होने वाला है और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें कि कैसे आप अपने सब्सक्राइबर को लाते हुए देख सकते हैं तो चलिए तो दोस्तों आपको इसके लिए एक ऐप की ज़रूरत होगी जिसका नाम है लाइव सब्सक्राइबर अकाउंट ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा वहाँ से आप बहुत ही आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और एक बात मैं कहना चाहता हूँ आप सभी भाई लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बोली की शुभकामनाएँ और जिन भाई लोगों ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि मेरी लेटेस्ट लेटेस्ट वीडियो आपको तो बहुत ही आसानी से पहुँचते हैं चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं दोस्तों हम लोग अपनी स्क्रीन पे आज चुके हैं मोबाइल पे तो देखिए ये जो लिखा हुआ है ठीक है तो ये चीज़ कैसे लाएंगे तो इसके लिए हमको एक ऐप की जरूरत को जो जो कि ऐप है सब्सक्राइबर काउंट है, ठीक है तो आप सिंपल से अपने प्ले स्टोर पर जाएंगे, और वहां पे सर्च करेंगे सब्सक्राइबर काउंट सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर काउंट ठीक है जैसे आप सब्सक्राइबर काउंट सर्च करेंगे वैसे पहला आ जाएगा रियल टाइम सब्सक्राइबर काउंट तो इस पे आप ओपन कर लीजिए मतलब इंस्टॉल कर लीजिए मेरा हिसाब है तो मैं स्वीप का इसको ओपन कर लीता ठीक है जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे सर्च बार है चैनल लिख के आ रहा है ठीक इसको आप लिख करके अपना चैनल जो है सर्च कर लीजिए मेरा नाम चैनल है हाईटेक ठीक है मैं सर्च कर लिखा जैसे मैंने सर्च किया वैसे मेरा आगे हाईटेक मैं उसको क्लिक करूँगा उसके बाद एक्चुअली सब्सक्राइबर लिखा है उसके ऊपर एक स्टार है स्टार को जस्ट हम क्लिक करेंगे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आप वापस आते जाइए ठीक है वापस आ जाइए मेन स्क्रीन पे पहुंचिए, फ्रंट वाली ये एक आपके पास ऑप्शन होगा जब आप स्क्रीन छोटी करते हैं तो एक ऑप्शन आ जाता है विडग्रेड अगर नहीं आपको मिल रहा है तो आप सेटिंग में जा कर विडग्रेड कट कर सकते हैं आपने देखा होगा ये ऑप्शन तीसरा तीन में से बीच वाला है इसको जस्ट क्लिक करेंगे और सबसे नीचे जाएँगे उसके बाद यहाँ पर सब्सक्राइब करेंगे इसको क्लिक करेंगे रेस्ट करे रहेंगे और यहाँ पर जाके छोड़ देंगे पहले मैं इसको हटा देता हूँ अभी तो आपको समझ लें ठीक है तो जैसे विट गेट से तो सबसे नीचे उसके बाद ऐसे क्लिक करके यहाँ पर ला ऐसे छोड़ देंगे ठीक है जैसे छोड़ेंगे यहाँ पर सर्च फॉर अ चैनल आ जाएगा फिर अपना एक बार चैनल सर्च करें जैसे मैं हिट में हिट हाई टेक ठीक है सर्च कर लेता हूँ जैसे मैंने सर्च किया यहाँ पर मेरा चैनल आ गया मैं जैसे ही जस्ट इसको घूट करता हूँ वैसे मेरा यहाँ पर ऑप्शन हो जाता है आ गया उसको क्लिक करेंगे तो जैसे है इसको बड़ा देते हैं कितना कुछ यहाँ पर होता कि लाइव काउंट होता है बहुत ऐसा लगा आपका वीडियो आप बताइए लोग तो दोस्तों आपने देखा कि आप अपने सब्सक्राइबर को कैसे लाइव काउंट कर सकते हैं तो आशा है कि आपको वीडियो मेरा पसंद आया होगा अगर वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ जिन भाई लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो साथ ही साथ बेलाइकन को भी प्रेस कर दो जिससे कि मेरी लेटेस्ट लेटेस्ट वीडियो आपको बहुत ही आसानी से प्राप्त हो सके चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए बाय